तो पार्टी साइडी तो बहुत हो गई मैं पार्टी का थैमेल ना, का नाइट लाइफ यानी नेपाली का नाइट लाइफ का वीडियो मैं तो मैं आपको दिखा नहीं पाया लेकिन एक प्रॉब्लम एक प्रॉब्लम हो गया था प्रॉब्लम ये हो गया जैसे कि मैं बात कर रहा था, था स्कैम के बारे में स्कैमर्स स्कैमर्स के बारे तो में तो स्कैमर्स के बारे में अभी फुल डिटेल में बताऊंगा क्या हुआ मेरे से बात करें स्कैम और स्कैमर्स की तो सबसे पहले शुरू करते हैं आप अगर अगर थैमेल आते हैं तो आपको थोड़ा बाहर या में जाना है तो दूसरे कर होके जाइए बट किसी के घंटा हुए मत आइए। बात करती हैं तो आपको लगता है कि वो वहाँ है बट ये एक काम होता है। वो वो वो आपके, आपको, अपने अपने पास वो अपने बार में ले जाती और एक लंबा चौड़ा बना देती है कि खुशी खुशी यार इतनी गोरी लड़की है मुझे अप्रोच करी है तो है तो हम उनको लेकर बाहर में चले जाते हैं वो लंबा चौड़ा बीर बनाचुअली आपको पता तो कोई बात नहीं है लेकिन मैं बता दे रहा हूँ वो एक लंबा चौड़ा बिल बना देती है हालाँकि ऑरेंज जूस का दाम होता है बारह सौ रुपया खैर मेरे लिए तो बारह सौ रुपये बहुत हार्ड क्योंकि मैं मिडिल क्लास बजट ट्रैवलर हूँ तो मेरे राह यही है आप आराम से किसी बार में जाइए किसी ट्रिक में जाइए आराम से आप ड्रिंक कीजिए या नाइट लाइफ इंजॉय कीजिए बट किसी स्केमर्स के बारे में मत पढ़िए आपको बहुत सारे फोकस मिलेंगे जो आपको अप्रोच करेंगे मेरे बार में आइए आपको आप तो मैं 30% डिस्काउंट दूंगा आपको मैं 40% डिस्काउंट दूंगा आप मेरी नेवर कंट्री आप इंडिया से हैं माय गॉड आप इंडिया से हैं मैं आपका नेवर कंट्री नेपाल से तो आप, मैं, मैं आपको भाई तो बहुत सारा मैं आपको डिस्काउंट दूंगा 30% 50% पता नहीं नए नए लोग नए नए डिस्काउंट देते हैं तो मैं भी थर्टी डिस्काउंट देख के मैं ऊपर गया तो मैं देखा करूँ तो आप अगर तो आपका टकीलाो आप या फिर आपको ला दो हालांकि टकीलाक का प्राइस ही होता है क्योंकि आप इजिली एक बार में जाते हो आराम से बट ये सारे स्कैम्स है तो आप किसी स्कैम्प मत पड़िए तो मेरा कोशिश यही है मैंने तो ट्राई किया है मैं बहुत सारी कंट्रीज़ में गया हूँ इस को वो बोलूँ इंटरेक्ट किया हूँ मैं चाहता हूँ डायरेक्ट उससे इंटरेक्ट करूँ और लाइव आपको रिकॉर्ड कर पाऊँ बट तो लाइव रिकॉर्ड करना इस नॉट पॉसिबल तो मैं बाद में आपको बता रहा हूँ तो यहाँ के लोकल जो जो फ्रीलेंसर होते हैं जो स्कैमर्स होते हैं उसके बहकावे में बताइए सबसे पहला चीज़ और दूसरा चीज़ आ, आप अगर बार बार में जाते हैं तो किसी के चढ़ाने पे आप मत चढ़िए कोई अगर आपको चढ़ाते हैं मैं अपना घटना बताता हूँ मैं जिस बार में गया था तो वहाँ पर मुझे बताया जा था कि ओ माई गॉड यू आर यू आर फ्रॉम इंडिया एंड यू आर इंडियन यू डोंट हैनी टू पे तो मुझे चढ़ाने की को कोशिश करते मैं चढ़ जाऊँ और ज़्यादा पे कर दूँ तो मैंने पे किया ऑफकोर्स मैंने पे किया वन जो बिल था मैंने पे किया उसके बाद ये जनाब है फाइव और ज्यादा दे दिए तो ये वीडियो यहाँ पे खत्म नहीं होता तो मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि आप था में है और यहाँ पर नाइट लाइफ एंजॉय कीजिए आप खुल के आइए थामिल में नेपाल बहुत अच्छा कंट्री है आप खुल के आइए नेपाल में एंजॉय कीजिए यहाँ का बाहर बहुत आप शॉपिंग कीजिए बाहर से निकलिए ड्रिंक लीजिए कुछ नहीं है <laughs>